न खजड़ से पूछो न तलवार से पूछो मेरी मौत कैसे हुई मेरे दिलदार से पूछो मैंने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए मैंने तो बस दिल दिया था आजमाने के लिए मैंने तो बस दिल दिया था दिल दिया था आय माने के लिए कोशिशें करने लगा जालिम जमाने के कोशिशें करने लगा जालिम जमाने के दिल दिया था आज मान मेरे दिल दिल में तू ही तू हो तेरे दिल में सैकड़ो हम फकत तेरे लिए हैं हम फकते तेरे लिए जाना है तो जाइए मुड़ मुड़ के जला देखो हमें जाना है तो जाइए से दिल दिया था आज माने खेल मैं जो जी बने तो लोग यू कहने लगे छप ले लिया है अच्छे सा ले लिया है मालखान के लिए मैंने तो बस दिल दिया था आजमान के दिल दिया था आज मान चलिए मैंने तो बस दिल दिया था आज मान के लिए कोशिश करने लगा करने लगा था kalim zamane ke liye kalim zamane ke